British boxer Sardar Afghanistan Patan Patel Police Academy go back go back British boxer Sardar Afghanistan Patan Patel Police Academy go back go back they have taken and put it in the urinal behind dci this one and trs.org.in that police robbers have taken away okay and given to some uh, tattoos and they have taken away my big flags of samaikandra movement सो एम सेइंग ब्रिटिश आफ्घास्त पठान पटेल अकाडमी गो बैक गो बैक मुंह व्यवस्था नशिचाली नशि ब्रिटिश मास्टर्जा व्यवस्था नशि नशि ब्रिटिश लंज मुं व्यवस्थ नशिश नशि ब्रिटिश मास्टर्जु व्यवस्था नशिचाली नशिचनाशनमतारा पोली लंजुड़क सर्वनाशन अत ब्रिटर्ड सरदार पठान पटेल पोली अकाडमी सर्वनाशनमरा सर्वनाशन अतारा कुटाली सर्वनाशन कावा शपिस्तना कल की अवताराशनम कावा शुना कल की अवतारमू चाने आफ्घास्ता यूट्यूब चिंता स्वामी प्रकाश राव ओके इलामी भाषा के पन्डल संवर कि पेला वाटी कल सुनकर दंगना आड़ोल तत्को मडर చేస్తున్నారు ओके ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंट टू दैट व्हाट डू कॉल एयर रहमान प्लेस मुदिनेपल्ली मोडसीटलो मुद्द गुम्मा कोंगु कोंगु नापट्टे कोकेलम্মা प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद पारिक सिंधू पीवी सिंधू आ ओके बैडमिंटन मुर्दाबाद मुर्दाबाद am दम कत्ती कत्मेंटेड मै वोटर ऐडी फीमेलिस्था सर्दार पठान पटेल अकाडमी मुर्दाबाद मुर्ताबाद फैट फॉर फ्रीडम आफ अटाग्रा Fight for freedom of Sanatan Dharma, Bharatama Kotagra. That is Islamic bastard mask, black money, black mask. That is Islamic black money, bastard mask, black mask. Islamic chudidar, murda baad, murda baad. Islamic chudidar, murda baad, murda baad. British bastard chutney pant, murda baad, murda baad. British bastard chutney pant, murda baad, murda baad. British bastard chutney pant, murda baad, murda baad. ब्रिटिश पैंट, इस्लामिक चूड़ीदार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सैयद मोदी जाएंगे राहुल गांधी एंड गो बैक गो बैक ताजमहल को उड़ा के ले जाओ गो बैक गो बैक चार उड़ा के ले जाओ गो बैक गो बैक ब्रिटिश मास्टर शर्ट एंड पैंट गो बैक गो बैक सरदार आफगानिस्तान पठान पटेल अकाडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरदार अफगानिस्तान पठान पटेल अकाडमी मुर्जाबाद मुर्दाबादी फैट अगेन्स्ट द इसलामिक्रिटीश एंड पैंट fight against the british bastard islamic sardar shirt pant shirt and pant okay this is the british bastard sardar afghanistan patan patel police academy murtabad murtabad british bastard sardar afghanistan patan patel police academy murtabad murtabad british bastard shirt and pant murtabad murtabad british bastard shirt and pant murtabad murtabad british bastard sardar afghanistan patan patel police academy murtabad murtabad ब्रेकर ब्रोकर ऑफ भारत नेशन इस्लामिक पर्सन गांधी ब्रोकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद इज ब्लडी मुस्लिम सेवाग्राम आश्रम नयी नई तालीम नई तालीम अरब देश को गांधी गड़के देश स्वातंत्रेद मिम्मली तैयार तुर्क मुंह शर्मीला जगन चंद्रबाबेना we want freedom from islamic bastards of india limited we want freedom from islamic indian islamic indian bastards india limited we want freedom from islamic uh, uh, italian bastards india limited we want freedom from islamic italian bastard india limited we want freedom to print our own currency we want freedom to print our own currency i have already burned the islamic rupiya okay you can see my youtube channel They blackmailed Modi for about two to six lakh crore. My one second value is four hundred crore of blackmailing Modi. They blocked many electronic companies. Blackmailed Modi. Okay, Microsoft. Then next is what they call Google companies. Sundar Pichai. Okay. Then what they call uh, uh, this uh, carbon mobile company two hundred crore. Nokia. and then what the 46 billion dollar bill gates purchasing uh, nokia okay that is another economic scam next is what do you call a, a noida expansion samsung company blacklisted okay zibra's company blacklisted itl company blacklisted okay these are all bastards who joined hands with international mining mafia raping of uh, democratic republic of congo i stopped chandryan yesterday called uh, what do you call isro i said i disconnected your uh, what do you call woman can get raped in africa i disconnected what is called chandrayaan and destroyed gslv okay see my youtube channel international punishments real time punishment with creditable revenge okay many airplanes were destroyed flight padgun gudda geeste russia lo bricks bank lo 41 mandi sachar ra chatto bantollo मुफ आर मंदिर बति की पोर ओके रशिया पटक ओकेना तोबई री ए रोड ब्रां एसबी ओके नये फाइव टू ऐसी कोंबई र्ल पट्टी को नल्लाद्रो मुझे चंपेश रश्यन डिफेन्स मिजीशियो इंक पोली परस्थित पा, एला वेचि चूडा सरदार अफगानिस्तान पठान पटेल पुलिस एकेडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्रिटिश बास्टर सरदार अफगानिस्तान पठान पटेल पुलिस एकेडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्रिटिश सरदार अफगानिस्तान पठान पटेल पुलिस एकेडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ अम्मा कोटाग्रा फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ अम्मा कोटाग्रा महाविष्णु कल नारी सैन्य में शामिल हुई है नोटा दबाइए मेरा और मायावती का फायदा हुआ बेटा है नोटा मेरा बेटा 2012 में हुआ था जब झांसी आया था रेलवे स्टेशन ठीक है इसी की की टूर वजह से मोदी बना प्रधानमंत्री चपरासी ऑफ वरुण गांधी पॉलिटिक्स ओके सो फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश बास्टर्ड इस्लामिक करप्शन नेपोटिजम सरदार अफगानिस्तान पठान पटेल पुलिस अकाडमी पंच कटक आपा डयमें पारक ए त्रक इंच्रा ओके सरदार आफ्घानिस्तान पटन पटेल पोली अकाडमी मुर्दाबाद मुर्ताबाद फैट फॉर् फ्रीडम आफ अम्मा कोटाग्रा गेट ऑफ मैनिंग एडिक्शन ओके वेर अंड हाउ यू आर गोइंग टू ड्राइ यू वं सेव युर्म दिज माया वट नाट ए माया लोक वे रिटी लोक पोलिटल को सीआर मुर्दाबाद मुर्ताबाद ओके ना? इस्लाम मुर्दाबाद मुर्दाबाद क्रिश्चियनिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नो इलाटी नो इस्लाम नो नो क्रिश्चियनिटी, हिंदूज इलामिक हिंदूज ओके नो नो इस्लाम नो क्रिश्चियनिटी, ब्रिटिश सरदार अफगानिस्तान पठान पटेल अकाडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्रिटिश बास्टर्ड सरदार अफगनिस्तान पठान पटेल पुलिस एकेडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्रिटिश बास्टर्ड सरदार अफगनिस्तान पठान पटेल पुलिस एकेडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्रिटिश बास्टर्ड सरदार अफगनिस्तान पठान पटेल पुलिस एकेडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद दैट इज ब्लैक मनी फंडेड प्रोटेस्ट दैट इज ब्लैक मनी फंडेड प्रोटेस्ट आर्टिफिशियल प्रोटेस्ट टू सेव कोचजा केसीआर दैट इज आफ्टिया ओके व्हाट इस्लामिक राहुल गांधी फंडेड मोदी फंडेडिंगा मुर्ताबाद पोलटल वेटा केसीआर मुर्ताबाद मुर्ताबाद फैट फर्डम्रा फैट फर् फ्रीडम आफ् अम्मा कोटाग्रा इस्लामिक सरदार आफगनीस्ता पठा पटेल पुलिस एकेडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ओके। हो ब्रिटिश इस्लामिक सरदार आफ्घास्त पठा पटेल अकाडमी शर्ट पैंट का ब्रिटिश सर्दार आफ्घास्त पठान पटेल अकाडमी मुर्दाबाद मुर्दाबाद पोलिटल को मुर्दाबाद मुर्दाबाद पोल को मुर्दाबाद मुर्दाबाद वैएस जगन नी व्राबु ब्रिटिश मुंहरा ब्रिटिश कैमरोास्त्र ओके पदार मंदिर चचीपयून वेस्टर्न आफ्रिकन कैमरो पनीमें फैट अगेट इलामिक ब्रिटिश फास्ट स्म प्रोसेम आफ अट्रा ओम श्री मम्म को नम यू सीन जस्ट नो पोलिटिकल ओके? केफ जस्ट ड्यूरिंग द पास इट हैपेंड, ओके? सो दिश अवर् ब्रिटिश यूपी आर्टिफिशिय सोव पोल को लाइफ ओके फैट फर्ीडम आफ अम को ब्रिटिश सर्दार आफनिस्तान पठान पटेल पोली अकाडमी दु मै सामी फ्लेगे थ्रो ना उच्चल पोस्ट पड़े ओके अंत अल्लुचर पॉलिटिकल कोजा के सी मुर्दाबाद मुर्दाबाद पॉलिटिकल कोजा के सी मुर्दाबाद मुर्दाबाद ओके पॉलिटिकल कोचा के सी मुर्दाबाद मुर्दाबाद पॉलिटिकल कोजा के सी आर तुर्का सलाम स्टेट मुर्दाबाद मुर्दाबाद पॉलिटिकल कोजा के सी आर तुर्का सलाम स्टेट मुर्दाबाद मुर्दाबाद पॉलिटिकल कोचा के तुर्का सलाम स्टेट मुर्दाबाद मुर्दाबाद इज म्यूजिक टोन्स मुर्दाबाद मुर्दाबाद His music tunes, Murda Bass, Murda Bass. Political Kocha KCR, Murda Bass, Murda Bass. These are being paid approximately how much money? Okay, for putting the chairs. Okay, I will never ever join this group. Keep it in mind. This is I mean, so many steel plants are there. Okay, now it is not steel plant issue, but the Islamic bastardism issue. So fight against the Islamic bastards. okay vijayawada one muslim wife has murdered his husband ah, that is the latest uh, this one okay fight against the freedom of amma kotagra om shri amma kotagra namaha